और घर ऐसी चीज है ना कि घर ना आप चाहे मर्जी से छोड़ो मजबूरी में जब आप घर छोड़ते हो ना तो कभी भी टूट के अलग नहीं होते हो आप हमें से कपड़ा नहीं खिंचता है से चिर के अलग होते हो आप और उसके वो धागे ना कभी बनते नहीं है वो हमेशा वैसे ही रहते हैं, उसके जख्म तुम्हारे पीठ पे ताउम्र रहेंगे कि कहीं से उखड़ के आएंगे तो नहीं गए